गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आलोकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका पुनः स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले क्लास में 200 पॉइंट रोस्टर के बारे में चर्चा की थी और 200 पॉइंट रोस्टर क्यों प्रभाव में आया कब आया और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं और उससे पहले के जो रोस्टर की जो सिस्टम्स हैं वो क्या थे उनके क्या नुकसान थे रिजर्व कैटेगरीज को इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं क्वेरीज के आधार पर इसका सेकंड पार्ट जो है आज आपके सामने फिर से हम लेकर के आए हैं और इसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बताएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि रोस्टर रजिस्टर बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उन चीज़ों को किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किस तरह से और किस उस लेवल पे लिया जा सकता है इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे सबसे बड़ी जो बात है उसमें आप देखेंगे तो 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसको जिस मनशा से लाया गया है वो पूरी की पूरी जो उसका जो आधार है पूरी की पूरी उसकी जो पृष्ठभूमि है वो संवैधानिक राइट्स का आ, से जुड़ी हुई है संवैधानिक राइट्स का मतलब संवैधानिक आपके जो अधिकार है जो संविधान आपको देता है और जो इस देश की 85% जन, जनता के लिए लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए युवाओं के लिए जरूरी है वो दो 200 पॉइंट रोस्टर जो है उसको पूरी करता है आप जानते हैं कि 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर को जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है इस रजिस्टर को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है उस इंस्टीट्यूशन के विभागाध्यक्ष की है अगर कॉलेज है तो प्रिंसिपल्स की है अगर सरकार है तो उस कंसर्न मिनिस्ट्री और सचिवालय की है और अगर विश्वविद्यालय है तो वाइस चांसलर की और रजिस्ट्रार की है इसके लिए जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्हीं स्तरों पर कॉलेज यूनिवर्सिटी और सरकार के लेवल पर हासिल किए जा सकते हैं और आरक्षित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई सारे दूसरे पैरामीटर्स भी लागू किए हैं ये बात दूसरी है कि आरक्षित वर्ग जो है वो सोया हुआ है और उसको शायद अपने हितों की उतनी परवाह नहीं है उनको सिर्फ जो आसानी से मिल जाता है उसको वो लेकर के वो उसके मठाधीश बन जाते हैं उसके पीछे जो पे सोसाइटी का जो एक कंसेप्ट है एक मंत्र है उसको वो भूल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने हमें तो फ़ायदा मिल गया अब हमें आगे के लिए क्या करना ऐसी स्थितियों से हमें बचना होगा और इन स्थितियों से बचने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस रिज़र्वेशन के बेसिस पर सर्विसेज़ में, सर्विसेज में आए हैं उन्हीं रिज़र्वेशन के, के जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करें उनको प्रोटेक्शन दें और आने वाली जो पी हैं उनके लिए एक रास्ता साफ सुथरा रखें आप जा, जानते हैं कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेन जो फोकस है वो दो पॉइंट रोस्टर के ऊपर है और इस व्याख्यान को आरंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आलोकन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है या मेरा जो पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर रामलखन लखन मीना के नाम से या मूक नायक मीडिया का जो यूट्यूब चैनल है आपको जो आपकी सहूलियत हो जो आपको सुविधा हो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसमें हम जो है अब एक लाइव क्लास लेकर के आएँगे जिसमें हम ऑनलाइन सोल्यूशनस उसके देंगे दो पॉइंट रोस्टर से जुड़े हुए सोल्यूशनस देंगे कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है आपको कहाँ कठिनाई आ रही है आपकी परेशानी कहाँ है आपकी समस्या का निदान क्या हो सकता है उस पर हम एक एक और क्लास ऑनलाइव करेंगे तो उससे जुड़ने के लिए आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आप उचित समझे, आलोकन एकेडमी के चैनल को कर लीजिए मेरे चैनल को कर लीजिए मूक मीडिया के चैनल को कर लीजिए जहाँ पर भी आप चाहें वो सब पर हम लाइव करेंगे तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले जो वीडियोज हैं इससे रिलेटेड या जो जो दूसरे जो इश्यूज़ पर जो वीडियो जाएंगे वो आपको सीधे मिल जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी इसलिए आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस पे हम बात करेंगे टू हंड्रेड पॉइंट रोस्टर के बारे में जो रजिस्टर का संधारण होता है संधारण का सिंपल सा मीनिंग है कि जो रजिस्टर को हम बनाते हैं मैंटेन करते हैं मेंटेनेंस उसका जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और उस कंसर्न उस बॉडी की जो लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती है पद होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है पर आज आप देखेंगे तो ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर की जो स्थिति अगर आप देखेंगे मैं अगर राजस्थान के बारे में बात करूँ तो राजस्थान में सत्ताईस यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पर भी दो पॉइंट रोस्टर के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर आज की तारीख तक प्रभाव में नहीं है ना बनाया गया है ना उसके लिए किसी ने पहल की है हमने पहल की थी और पहल करने के बाद उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स में 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर रजिस्टर बनाने के लिए आदेश जारी किए थे और उसके बाद हमने हायर एजुकेशन में उसको लागू करवाने के लिए राजभवन में भी एक एप्लीकेशन दी थी तो उसके आधार पर भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में रोस्टर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं पर वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के, के जो नुमाइंदे हैं वो या तो सोए हुए हैं या वो डरते हैं किसी से बजे जो भी हो पर वो वहाँ पर ना तो रजिस्टर बनने की शुरुआत हुई है और ना रजिस्टर अभी तक बने हैं और ना कोई उसके लिए पैरवी कर रहा तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पैरवी करें और उन रजिस्टर को जल्दी से जल्दी बनवाएँ ताकि आने वाली जो खाली जो पोस्ट पड़ी हुई है उनके विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो और हमारा जो युवा है यूथ को जो जॉब के लिए वेट कर रहा है उसको एक एक आधार मिले एक एक शुरुआत मिले और उसमें वो अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी हासिल कर सके इस पर जब हम बात करेंगे तो इसके समाधान भी आपको बताएंगे कि अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो आपको डेटा कहाँ से मिल सकता है आप डेटा कहाँ से ले सकते हैं और डेटा अगर आपको कोई नहीं देता है तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं पर देखिए बिना पेन बिना रोए दूध नहीं मिलता बिना पेन के कोई गेन नहीं होता तो आपको उसके लिए पेन तो लेना पड़ेगा पेन आप लीजिए और उसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए आकर के मिलिए मेरे जो सोशल मीडिया के जो माध्यम्स हैं चाहे यूट्यूब है व्हाट्सअप है फेसबुक है, है जहाँ पर भी आप उत... सलाह मशोरा करना चाहते हैं कुछ चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ट्वेंटी फोर बाई सेवन आपके लिए हाजिर हूँ अब हम बात करेंगे दो सौ पॉइंट जो रोस्टर है उसके रजिस्टर के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं आप सब जानते हैं कि जो दो पॉइंट जो रोस्टर है उसके लिए जो सरकार ने जो है कई सारे नियम बनाए हुए हैं और उन नियमों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तक वो रोस्टर रजिस्टर नहीं बनने में ज़्यादातर जो है वो आरक्षित वर्गों की लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि दूसरे लोग तो आपको हक देना नहीं चाहते तो लग, हक तो आपको लेने पड़ेंगे जैसे कि आप स, देख रहे हैं इस पोस्ट में पोस्ट आधारित रोस्टर बनाने और संचालन करने के क्या क्या नियम हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द मेकिंग एंड ऑपरेटिंग द पोस्ट बेस्ड रोस्टर रजिस्टर संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना में सरकार एस सी को आबादी के अनुपात में और अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण देती है इस इसका मकसद विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो रिजर्वेशन का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है संवैधानिक अधिकार है उसमें किसी को आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें अपने आप को ऐसा ना समझें आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें और आवाज़ उठाएं। आप अगर हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे या आवाज़ उठाएंगे तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा जब हम बात करते हैं रोस्टर रजिस्टर के प्रिंसिपल्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोस्टर रजिस्टर बेसिकली रोस्टर है क्या तो अगर सच पूछा जाए तो ये प्रोफेसर काले ने जो जिस एक मेहनत और समर्पण के साथ ये सारा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो नियम बनाए और उस नियमों का जो है अनुपालना अगर होती है तो मैं कहता हूं कि आपके साथ कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कोई अनजस्ट नहीं होगा और उस अनजस्ट को रोकने के लिए रोस्टर जो है सिद्धांत रूप में एक स्पष्ट वैज्ञानिक विधि है जो पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरतों का संधारण करता है मतलब जो पहले से जो आपके जो पोस्ट है आपके जो पद है आपकी जो पोजिशंस है उस पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं जब वो पोस्ट खाली हो रही है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए एक रजिस्टर बनना है और उस रजिस्टर में आपके पदवार श्रेणीवार कैडरवाइज सारे जो है वो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बस बात यही है कि आपको उस रजिस्टर को बनाने के लिए थोड़ा सा पेन लेना होगा तो ये जो पूरी जो पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरतों का संधारण करने के लिए एक रजिस्टर है उसको हम रोस्टर रजिस्टर कहते हैं ये केवल विभिन्न श्रेणियों के हकूक आरक्षित कोटा निर्धारित करने में सहायक होता है और जिसका वरिष्ठता के निर्धारण से कोई भी संबंध नहीं है कई लोग ये समझ लेते हैं मुझे कई लोगों ने क्वेरीज की कि क्या इसमें जो सीनियरटी का भी कोई वो होता है तो सीनियर से रोस्टर रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है ये सिर्फ पोस्ट बेस्ड जो है रोस्टर रजिस्टर है जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है और आपका जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उन दोनों को सेपरेट रजिस्टरों के माध्यम से मेंटेन किया जाता है उसको संरक्षित किया जाता है उसको संधारित किया जाता है और ऐसी स्थिति में जो है रोस्टर रजिस्टर आपके खोए हुए अधिकारें या किसी के दबाए हुए जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है आप देखेंगे तो इसमें आगे हम आप को बताने की कोशिश करेंगे कि ये रजिस्टर आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि रिजर्वेशन का मकसद जो है वो कोई भीख नहीं है जैसे मैं पहले भी कई बार आपसे कहता आया हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन का कोई जरिया नहीं है कोई माध्यम नहीं है रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है और आरक्षण का जो मकसद है वो इन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है कानून का पालन ऐसे होना चाहिए ताकि उनका मकसद पूरा हो ऐसे नियम का कोई मतलब नहीं जिसका मकसद पूरा नहीं हो अदालत को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी जब 2018 में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसे सरकार को कम से कम इस तरह नियम तैयार करने की सलाह देनी चाहिए थी ताकि आरक्षण का मकसद पूरा हो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन जो है वो पूरी हो लेकिन अदालत ने नियम की वैधानिकता की व्याख्या की और इस बात को नज़रअंदाज किया कि उससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा होगा बल्कि कानून के लिए समक्ष सबकी समानता की भावना के ये खिलाफ़ है अदालत के इस फैसले में एस सी एस को नुकसान होगा और वह अपने फैसले के इस नतीजे से आंखें आख, कैसे बंद कर सकती है विश्वविद्यालय में विभिन्न रूपों में भेदभाव होता है इसको लेकर कुछ अध्ययन हुए हैं रोहित भूम रोहित वेमूला की आत्महत्या ने भी लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा है यूजीसी ने भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ नियम बनाए हैं और दुखद बात यह है कि अधिकतर संस्थान उसको लेकर जागरूक नहीं है बेमूला मामले ने इस मसले को दोबारा जिंदा कर दिया है अगर मुझे लगता है ये जो रोहित वेमूल्ला की शहादत नहीं होती रोहित वेमूला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तो ये जो सोया हुआ समाज है वो शायद अभी तक नहीं जगता तो उस शहीद को इस रूप में आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं उस शहीद को रोहित बमला जैसे युवा को आप इस रूप में याद कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस में आप अपने कॉलेजेज़ में यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम रोस्टर रजिस्टर बनवाइए एडमिशन्स में रोस्टर को लागू करवाइए एडमिशन में भी आपके रोस्टर की प्रक्रिया है एडमिशन भी उसी बेसिस पे आपका होना चाहिए जिस तरह जिस बेसिस पे रोस्टर रजिस्टर रोस्ट रोस्ट मेंटेन होता है तो ये जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो चाहे पीएचडी के एडमिशन्स हो पीएचडी के एडमिशन्स में आप सब जानते हैं कि जो भी रिसर्च के जो एडमिशन्स होते हैं उसमें जो रिजर्वेशन के जो नियम हैं उनकी खुल्लाम जो है उल्लंघन किया जाता है और वो उसके लिए शायद कोई भी नहीं बोलता तो ये सारी की सारी जो पृष्ठभूमि है उसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये सारी की सारी जो स्थिति है वो जो बनी है उस स्थिति में आपको उसके साथ चलना चाहिए उसका लाभ उठाना चाहिए जब हम बात करते हैं जब रोस्टर रजिस्टर की जैसे मैंने पिछली वाली व्याख्यान में बोल आपसे कहा था तो आप इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये सबसे पहले जो ये इस रिजर्वेशन को लागू करने की जो बात हुई तो वो हमारे सामने एक त्रु त्रुटिपूर्ण व्यवस्था आई जिसको हम तेरह पॉइंट रोस्टर कहते हैं तेरह पॉइंट रोस्टर का जो है उसको कई लोग जो है वो एल भी बोलते हैं और उस रो, रोस्टर की जो खामियां जो तकनीकी जो खामियां थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको इंप्लीमेंट किया तो वैसे वैसे उजागर होती गई और उसके बाद में जैसे ही तेरह रोस्टर को पूरा होने की स्थिति आई तो फिर इसके बाद एक तेरह के बाद एक रोस्टर आया चालीस का चालीस के बाद फिर एक लाने की कोशिश थी सो की और शो को जो है प्रोफेसर काले कमेटी ने 200 पॉइंट में बदल दिया तो ये जो रोस्टर के तो जो विभिन्न जो पढ़ाव है विभिन्न जो स्थितियाँ हैं उसको आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे सबसे पहली जो स्थिति है वो 13 पॉइंट रोस्टर की स्थिति है 13 पॉइंट में देखिए आप ऐसे ऐसे आपको 13 पॉइंट वर्टिकली मिलेंगे ओरिजेंटली आपको तेरह पॉइंट मिलेंगे इन पॉइंट्स में आपकी स्थिति है उसको रिप्लेसमेंट के नाम से जो है वो दर्शाया गया है ये देख सकते हैं आप रिप्लेसमेंट कैसे होगा तो जो पुरानी जो स्थितियाँ हैं जो पुरानी जो पोस्ट है उस पर लोग जो कब्जा करके बैठे थे उसको इसके माध्यम से निकालने की कोशिश की गई पर ये जो जैसे ही इसमें लोगों का ध्यान गया तो आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे आप कि जैसे एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 7.5 है 7.5 में आपका जो है वो चौदहवा पॉइंट बनता है जब चौदहवा पॉइंट बनता है तो ये तो पॉइंट ही पॉइंट का रोस्टर है तो आपका चौदहवीं पोजिशन बनती ही है तो ऐसी स्थितियाँ और भी हैं जो कि इसकी जो है वो तकनीकी खामियाँ थी इन खामियों को दूर करने के लिए बार बार आवाज़ें उठाते रहे लोग हम जैसे लोगों ने दिल्ली में यूजीसी में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया सरकार के ऊपर उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसमें अपने जो संबंध थे उनको म, म, म, म, म, म, म, भुनाते हुए हमने इस व्यवस्था को बदलने में कोशिश की और ये व्यवस्था आखिरकार बदली अब तो ये देखेंगे तेरह जो रोस्टर का जो रजिस्टर है या 13 पॉइंट रोस्टर से रिजर्वेशन लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको आप नीचे वाली टेबल में देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये कितनी त्रुटिपूर्ण है कितनी इसमें जो है कमियां हैं पचानवे परसेंट जो रिजर्व सीट्स हैं वैकेंसी कन्वर्टेड इनटू अनरिजर्व सीट्स बाय 13 पॉइंट रोस्टर तेरह पॉइंट जो रोस्टर में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रोफेसर की पंद्रह वैकेंसी है तो वो सारी की सारी जो है वो पंद्रह प्रोफेसर यू आर को चले जाती है जबकि इसको अगर आप 200 सौ पॉइंट रोस्टर में देखेंगे तो इसमें नौ यू आर होंगी ये जो है मैं इसको ओपन बोलता हूँ फिर ये दो एस सी होगी एक एस टी होगी तीन ओ बी सी होगी तीन और एक चार और दो छः और नौ पंद्रह तो इस तरह से उनका जो है बाइफ्रिकेशन दे होगा ऐसे ही मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है जो छब्बीस है तो यहाँ छब्बीस के छब्बीस वो जो है विभिन्न जो टेक्टिक्स थी जो मैंने पिछली व्याख्यान में आपको बताई कि वो पांचवे वैकेंसी है तो दो निकालेंगे फिर तीन निकालेंगे फिर दो निकालेंगे फिर एक निकालेंगे ऐसे करके वो सारी की सारी उसको कब्जा कर लेंगे ऐसी स्थितियां जो थी उससे बचने के लिए आप अगर देखेंगे तो जो तेरह पॉइंट जो रोस्टर है उनमें अगर आप सारी इन पोस्टों को अगर काउंट करके देखेंगे तो आपके जो तीनों जो कैटेगरीज हैं इनमें आकर के जो पहली एक पोस्ट जो है वो जैसे तैसे करके वो बी जाएगी और अगर दो पॉइंट रोस्टर रजिस्टर की जब बात करेंगे तो आप पाएंगे ये सारी जो वैकेंसीज है इसमें से जो इन सारी कैटेगरीज़ को जो है बीस 20 वेक, वेकेंसीज कम से कम जाएगी तो ये जो है इन दोनों में टेक्निकली फ़र्क था जिसकी वजह से 13 पॉइंट का विरोध किया और विरोध हुआ उसके लिए हम सरकारों पर प्रेशर बनाने में कामयाब हुए और उसके लिए के बाद आपको एक अपना हक मिला पर उस हक को जो है बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय ने, ने छीन लिया और आप देखेंगे जो 13 पॉइंट रोस्टर और जो 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसकी स्थिति के बाद क्या हुआ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर 200 पॉइंट रोस्टर सॉरी 200 पॉइंट जो रोस्टर 2012-13 में लागू हुआ था उसके बाद 16 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जैसे ही जो निर्णय आया निर्णय के बाद मैंने जैसे पिछली बारी आपको उसमें व्याख्यान में बताया था कि रातों रात ये जो है सिस्टम सक्रिय हो गया और सिस्टम सक्रिय होने के बाद जो स्थिति बदली यूनिवर्सिटीज़ की ये मेरा डाटा नहीं है ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ डाटा है आप इसको देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और आप अगर थोड़े से भी जागरूक करें तो आप छः सितम्बर दो का जो है डेटा इंडियन एक्सप्रेस में आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं आपको ये मिल जाएगा और आप इसमें पाएंगे तो देखेंगे कि देखिए राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 33 वैकेंसीज थी 16 यूआर थी 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से 9 ओबीसी थी 5 एससी थी 3 एसटी थी और जब फिर बाद में इसको 13 पॉइंट में जो नया जो डिपार्टमेंट वाइज जो किया तो सारी की सारी यूआर को चली गई ऐसे संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो नाइन्टी वैकेंसीज थी इक्यावन यू ओपन थी छब्बीस ओबीसी थी पंद्रह एससी थी आठ एसटी थी और जब इसको जो डिपार्टमेंट वाइज़ किया तो सेवनटी नाइन जो है नाइन्टी नाइन में से जो है वो ओपन कैटेगरी में चले गई तेरह ओबीसी में चले गई सात एससी में चले गई एसटी टी यहाँ पर भी सौ में भी खाली रहा ऐसे देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बी में जो एक नामी संस्थान है उसमें इकतीस थी इकतीस में पंद्रह ओ की होनी चाहिए थी नौ एस की पाँच एस की साठ में से जो हुआ वो बावन जनरल को चले गई आठ ओ को गई जो बाद में एनएफएस कर दी गई आपको सबको पता है बीएचयू का खेल फिर बाद में तीन जो एस है और ऐसे करके ये जो इतनी सारी जो वैकेंसीज है ये आपकी छीन ली गई ऐसे आप देखेंगे तो सारी जो यूनिवर्सिटीज है चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी हो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो इन सब में जो है आप देखेंगे तो ये सारी जो आपकी जो वैकेंसी थी ये जो है दो पॉइंट रोस्टर में जो थी आपकी ये सारी पोजिशंस बनती थी और इन पोजिशंस को आपको तेरह पॉइंट में जो है डिपार्टमेंट में एज ए यूनिट में जो है उसको सबको छीन करके आप देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सारा का सारा ब्लॉक हो गोल हो गया तो आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो 200 पॉइंट जो रोस्टर था वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था और 13 पॉइंट रोस्टर था वो कितना नुकसानदायक था इसकी स्थिति जो है आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है आप इसको देख सकते हैं और भी इसके डेटा जो आपको मिल जाएंगे तो मैं आपसे जो कहना चाहता था वो यही है कि आप अगर जागरूक होंगे आप अगर अपने प्रति अपने हितों के प्रति जागरूक होंगे तो आपको ये सारी की सारी के फ़ायदे मिलेंगे इधर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा ये परसेंटेज ऑफ रिजर्व सीट की जो बात करते हैं तो ये 100 परसेंट यू को चली गई 59 उसको चली गई 62 टू चली गई 100 परसेंट चले गई फिर 100 परसेंट नाइन्टी परसेंट नाइन्टी थ्री मतलब आपका जो है एवरेज जो है वो नाइन्टी जो है वो सारी वैकेंसी जो है जनरल को चले गई ओपन को चले गई और आप देख रहे हैं ये ये जो सारी जो चीज़ें आप ये सोचते हो कि ये केवल सर्विसेज के लिए ही वो है ये सारी सर्विसेज जो हैं जब आप अच्छे पदों पर नहीं होते हैं जब आपके लोगों के साथ जो अत्याचार होता है अन्याय होता है शोषण होता है वो किसी से छुपा नहीं है वो चाहे एम्स में अनिल मीणा को सुसाइड करना पड़े चाहे बम्बई में पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़े चाहे हैदराबाद सी यूनिवर्सिटी में रोहित भेमोला को करना पड़े या सेंटर सिटी राजस्थान के कैसे जो आप सब जानते हैं क्या होता है कैसे होता है और कैसे किया जाता है तो ये जो सारी की सारी जो स्थिति है इसको आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे कि ये जो स्थितियां हैं इससे क्या नुकसान हो रहा है इसकी अगर हम जब बात करेंगे तो आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें जो एजुकेशन का जो स्तर है शिक्षा का जो लेवल है उसमें आपको वंचित कर दिया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एस सी जिस जो ओ बी को हो रहा है आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे एस सी की शिक्षा संकट में क्योंकि ये बाहरी असमानता की ओर बढ़ रहा है और राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार और निजी अनुदान वाले कॉलेज ही एस सी छात्रों की शिक्षा का मुख्य जरिया रहे हैं हालाँकि उनके दाखिले अनुपात पर भी अन्य समूहों के मुकाबले कम हो रहा है अब निजी विश्वविद्यालयों सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों के जरिए भी शिक्षा तेज़ी से निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है चवालीस प्रतिशत यूनिवर्सिटी निजी हैं, जल्दी वे सरकारी विश्वविद्यालयों से ज़्यादा हो जाएंगी ९० परसेंट से ज़्यादा जो कॉलेज और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वो है सेल्फ फाइनेंस मोड के हैं तो आप जो आपका जो तबका है आप जिस तबके से आते हैं हम जिस तबके से आते हैं वो जो तबका है वो एजुकेशन से एक दिन ऐसा आएगा कि महरूम कर दिया जाएगा दूर का भर दिया जाएगा और वो दिन दे, आपको देखने पड़ सकते हैं जो पेशवा राज में होता था झाड़ू और हांडी बांधने का तो ये जो सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं तो हम बात कर रहे थे कि जो रिजर्व कैटेगरीज के जो हक हकूक है उसको कैसे दबाया जाता है इसकी हम जब आप इसको देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो अभी के जो समूह की जो बात करते हैं ये संविधान में जो नोटिफाइड जो स्थिति है हमारे रिजर्वेशन की उसके उसके लिए उपयुक्त में आया है और अभी के समूह का कम प्रतिनिधि तो भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है शिक्षा बुनियादी जरूरत है और इससे समान अवसर मिलते हैं और ये जो सर, इस मानसिकता के जो लोग हैं जो शिक्षा को से इन लोगों इन लोगों को वंचित करना चाहते हैं वो वो उनकी एक मानसिकता है वो दूसरी तरह की मानसिकता है कि वो आपको दबाए रखना चाहते हैं यूरोपीय देशों ने शिक्षा को जीडीपी की ज़्यादा हिस्सेदारी मुहैया करवा करके सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किया और आप देख सकते हैं जबकि भारत में उच्च शिक्षा पर खर्च घटा दिया गया निजीकरण को बढ़ावा दिया गया बजट में कमी की गई और ये विशेष रूप से जो है वो दो के बाद हुआ दो के बाद क्यों हुआ कहा आपको एक आ, भावनात्मक मुद्दों में उलझा दिया गया भावनात्मक मुद्दो, मुद्दों में उलझा करके आपसे बोर्ड ले लिया गया और सत्ता पर काबिज हो गए और बाद में स्थिति क्या हुई आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप भी बुरी तरह से प्रभावित किया है अम्बे डॉक्टर अम्बेडकर करने 1945 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू किया था वह खतरे में है केंद्र सरकार ने फंड को कम कर दिया है तकरीबन उसे केंद्र से राज्य की योजनाओं में बदल दिया है हमें सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है साथ ही प्राइवेट एजुकेशन को उचित नीति के जरिए गरीब विदेशी बनाने की भी जरूरत है आप अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप आएंगे देखिए एजुकेशन बेसिकली आप सब जानते हैं कि हमारे जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने एजुकेशन को जो है संवर्ध सूची में रखा है ये एजुकेशन जो है स्टेट और सेंटर का विषय से है और ये जो सारी की सारी जो स्कॉलरशिप आती थी ये सारी सेंटर से आती थी आप, आप ये भी देख सकते हैं कि जो नए जो नियम बने हैं जी वगैरह के और इस तरह के जो नए कानून आए हैं उसके बाद सेंटर के पास जो है सारा का सारा फंड सेंट्रलाइज हो गया है और स्टेट को उसके ऊपर निर्भर हो, हो गए हैं इस्टेट्स के निर्भर होने की वजह से आपकी जो स्कॉलरशिप जैसी जो बुनियादी जो चीज है उसको जो है स्टेट के खाते में डाल करके स्टेट के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है कई कई सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ ये हो गया देखिए जब हम लोग पढ़ते थे हमको पता है कि हमारी जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमको डबल स्कॉलरशिप मिलती थी एक स्कॉलरशिप वो होती थी जिसमें हम फीस की रिबेट लेते थे एक स्कॉलरशिप वो होती थी जिसमें हम हॉस्टल में रहने के नाते रेजिडेंट हॉस्टल हॉस्टलर्स के नाते हमको कुछ आ, आ, आ, आ, आ, आ, और और पैसा मिलता था जिसमें हॉस्टल का किराया दिया जाता था खाने का मेज का खर्चा होता था पर अब आप देखेंगे सिर्फ फ़ीस को रियम्बर्स करने की कोई स्कॉलरशिप मान लिया गया है तो ये जो व्यवस्थाएं जो बदल रही है ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से जो है आपके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है इससे आपको सतर्क रहने की और इसे समझने की ज़रूरत है आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो है सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो हम 200 पॉइंट रोस्टर में जो बात आपसे कहना चाहते हैं ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ और ये बात जो कहना चाह रहा हूँ और जो रोस्टर को जो बनाने का जो तरीका आपको जो बताना चाह रहा हूँ इसको आपको ठीक से समझने की ज़रूरत है क्योंकि आप देखिए ये जो रोस्टर का जो फॉर्मूला है ये जो फॉर्मेट है ये जो है वो सबके पास दिया हुआ है ये जो है 200 पॉइंट रोस्टर का जो है फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा इसमें सारी जो एंट्रीज है इसको जो है वो चौदह में बांटी हुई है मैंने इसमें एक ओ का कोटा भी चूँकि बैकलॉग अब वो बी का बैकलॉग भी हो गया है इसलिए मैंने इसको जो है फोर्टीन पॉइंट को स्टार करके उसको ओ के लिए भी बैकलॉग के रूप में जोड़ दिया है आप अगर इसके ओरिजिनल उसमें देखेंगे तो चौदह नंबर नहीं है वह केवल चौदह पॉइंट चौदह का वो बनाया हुआ है चौदह सेल बने... बनी हुई है और इसमें जो जरूरी है वो क्योंकि ओ का कोटा बैकलॉग में आने के बाद इसको आपको कहीं कहीं रिजर्वेशन के रोस्टर में लाना होगा आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि इसको जब फिल करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आता है यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे संस्था के नाम के बाद आप उसके लिखेंगे कि कोर्ट उस पर्टिकुलर कैडर में जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर है असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी यूनिवर्सिटी में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसको आप यह लिखेंगे जैसे मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो ये नंबर ऑफ पोस्ट इन कार्डर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जो कैडर को भी आपको टेक्निकल रूप से समझने की जरूरत है आप इसको तीन स्तरों इस पर समझेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग रोस्टर होगा एसोसिएट के लिए अलग होगा और प्रोफेसर के लिए अलग होगा इन तीनों स्थितियों को आपको तीन कार्डर मान कर और तीनों काडरों का जो है सेपरेट रोस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इसीलिए आपको जो यहाँ पर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ एसोसिएट भी लिखेंगे और यहाँ आप प्रोफेसर भी लिखेंगे जैसे जैसे जिसका रोस्टर बनता जाए फिर उस उस कैडर में उसकी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट सेंक्शन है उसको आप यहाँ लिखेंगे फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन की जो स्थिति है वो क्या दी हुई है क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में वेरी करती है पोजिशन उसकी रिजर्वेशन की किस स्टेट में किस कैटेगरी को कितना दिया गया तो जैसे हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में तो राजस्थान को यहाँ पे 16 परसेंट है एसटी को 12 परसेंट है ओबीसी को 21 परसेंट है एमबीसी को 5 परसेंट है ई को 10 परसेंट है ये सारा का सारा जो है उसका रिजर्वेशन है उसके बाद जो है आपका वीमेंस का 30 परसेंट है जिसमें ट्वेंटी सामान्य का है आठ परसेंट का है दो परसेंट का है एक्सर्विसमैन का पाँच परसेंट है और पी का चार है इस तरह से जो कैटेगराइज किया गया है इस कैटेगराइज को आप सबसे ऊपर मेंशन कर देंगे कि उसी स्टेट में या जहाँ पे आप रोड बना रहे हैं वहाँ पे उसकी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है फिर आप दूसरे उसमें आएंगे बैकलॉग रिजर्वेशन वैकेंसीज़ की बात करेंगे पर्टिकुलर पोस्ट को फिल्ड करने के उसके बारे परमानेंट लेवल की बात करेंगे इसमें फिर तीसरी जो रोम में जब आप आएंगे तीसरी पंक्ति में जब आप आएँगे तो इसको देखेंगे कि ये देखिए नंबर ऑफ बैकलॉग रिजर्व वैकेंसीज रिजर्व कैरियड फॉरवर्ड और उसमें से वो कितना आगे आई है नहीं आई है सबसे मेन जो बात है वो राजस्थान के परपेक्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ये जो है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है इसके लिए हमारे जो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो अ, अ, अ, बड़े जो भाई हैं जो पहले से हमसे रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के बैठे हुए हैं उन्होंने आज तक किसी के पास आप अगर एक ऑर्डर मांगेंगे कि यह राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने आपका रिजर्वेशन कब लागू हुआ तो शायद किसी के पास नहीं है मैंने जो सबसे हाइएस्ट लेवल के जो हमारे यहाँ डी ओ पी सेक्रेटरी थे एक उनका मैं नाम नहीं लूँगा नाम लेना ठीक नहीं है पर मैंने उनसे बात की तो उनसे उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मेरे पास तो नहीं है फिर मैंने जो है उसको न, न, न, अपने लेवल से तलाशने की कोशिश की तो मुझे जो लेटेस्ट जो उस टाइम का जो रिजर्वेशन को लागू करने का मिला वो एक 1973 का एक ऑर्डीनेंस है सेवेंटी थ्री का वो मिला और ये जो डेट है राजस्थान में हायर एजुकेशन में डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन वो है उन्नीस सौ की तिहत्तर की तिहत्तर में क्योंकि उसमें डेट पड़ी हुई है तो हम बात करेंगे तो आपका जो रिजर्वेशन की जो पोजीशन काउंट होगी जो वैकेंट पोजीशन है किसी भी यूनिवर्सिटी में उन वैकेंट पोजीशन पे आप 73 के बाद से जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट अपॉइंट हुई है उसको कैलकुलेट करके और आप उसमें रिजर्वेशन को प्लेसिंग करेंगे उसको संधारित करेंगे देखेंगे देखेंगे तो उसमें तीन चार चीज़ें देखने की होती है सबसे पहले आपको एक डेटा लेना है जिसको मैं अगले वाली स्लाइड में बताऊँगा कि आपको सबसे पहले करना है सेंक्शन सेंक्सन ईयर ऑफ द पोस्ट पोस्ट किस साल में स्वीकृत हुई है सरकार से उसका आपके पास ऑर्डर होना चाहिए फिर उसके बाद दूसरा उसका uh, आपको अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे सेंक्सन पोस्ट के बाद उस पोर्ट को पोस्ट को किस रिक्रूटमेंट ईयर में भरा गया है उसमें फिर उसकी एंट्री आप करेंगे किस रिक्रूटमेंट ईयर में भरा गया है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो आप देखेंगे कि यह देखिए यहाँ पर जो है ये ये जो ईयर है वो 1969 में जो है वो पोस्ट सेंक्शन होकर के आई है उसको भरा कब गया नाइनटीन सिक्सटी में ही भर दिया गया है किससे भरा गया है ओपन कैटेगरी से भरा गया किससे भरा गया इनसे भरा गया ये मैंने जो है सारे के सारे जो है काल्पनिक नाम लिए हैं केवल टाइटल के बेसिस पे इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें देखेंगे फिर आप उन्नीस में दूसरी वैकेंसी आती है उन्नीस में उसको भर दिया जाता है एक वैकेंसी एडवर्टाइज करते हैं एक को भर देते हैं एक हो गया फिर 71 वन में, में, में सेंक्शन आती है 71 में फिर एक पोस्ट की सेंक्शन आती है फिर उसको ऊपर कैटेगरी से भर दिया फिर आप 74 में देखेंगे तो फिर 74 में जो है वैकेंसी आती है 70 सॉरी 75 में भर दी जाती है तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो ईयर है ये जो मार्किंग ईयर है यहाँ से आपको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है और उसको आप देखेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपकी जो पोजीशन है उसको मैं आपको दूसरे उसमें बताऊंगा कि आपकी पोजीशन उसकी क्या, क्या बनेगी तो ये जो आपकी जो पहला जो कॉलम है उसमें आप उसकी जो है सैंक्शन पोस्ट को लेंगे कि वो पोस्ट है, किस ईयर में सैंक्शन होकर के आई है और पहला रिक्रूटमेंट उसका किस में हुआ है किस पर्सन का हुआ है किस कैटेगरी का हुआ है कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है इस तरह का जो आप सारा का सारा जो डेटा देखेंगे तो आपके सामने आपसे जो छुपाई हुई जो सूचनाएं वो बाहर एक एक करके निकलेंगी और इसको भी आप देखेंगे मैं मैं इसका जो है समस्या का सामना कर रहा हूं मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो रोस्टर की कमेटी का कन्वीनर हूं मैं उसको आप यकीन कीजिए मैं बीइंग ए सिंडिकेट मेंबर स्टेट के सिंडिकेट का सदस्य होने के नाते मैं यूनिवर्सिटी से डेटा नहीं निकलवा पाया मैंने जो डेटा निकलवाने सब सब बात करके दें साहब वो तो वो रिटायर हो गया वो तो वो फला आदमी था वो तो ये था वो तो वो था फिर आप यकीन करेंगे हमने सब को बुला करके मीटिंग करके और बाद में कहा हमें कुछ नहीं डेटा चाहिए नहीं हम एक्शन लेंगे तब जाकर के उन्होंने एक रिटायर आदमी है जो कि किसी प्राइवेट कॉलेज में सर्विसेज दे रहा है वहाँ से बुलाया उनको हमने एक्स्ट्रा विजेस दिया मतलब ओवर दिया ओवर देने के बाद पुरानी फाइलें निकलवाई उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए कि भाई के हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे पेंशन का रजिस्टर दिखाइए पेंशन के रजिस्टर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होती है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी होता है और डेट ऑफ रिटायरमेंट भी होता है वहाँ से मैंने डेटा को क्रिएट किया डेटा क्रिएट करने के बाद सारी जो सूचनाएँ वो इकट्ठी की और बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ का रिजर्वेशन का रोस्टर जो है बनवाया है तो ये जो सारी की सारी जो स्थितियाँ हैं वो आप इसको देखेंगे तो आप जब आप इसको आप क्या करेंगे जितने भी नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट है उन पोस्ट के अगेंस्ट में आप 1973 का जो है एक कट ओ मार्क लेकर के और उसको वहाँ से भरना शुरू कर देंगे और इस फॉर्मेट में भरेंगे ये आपके रिजर्वेशन की जो पोजीशन है ये रिजर्वेशन की पोजीशन है पहली जो है वो तीन वैकेंसीज हैं तो यहाँ पे जो आपका 22% है अगर सत्ताईस होता तो ये जो आपकी चौथी पोजीशन हो जाती क्योंकि 22% राजस्थान में ओबीसी का रिजर्वेशन है तो ये आपकी पांचवी पोजीशन होगी तो ऐसे ही ये फिर ये आपके एक एक कैटेगरी का जो है मेंशन करते जाएंगे ये सारा का सारा आप अपू दो 200 दो सो तक ये एक सीरीज बनाएंगे पर उसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो हंड्रेड पॉइंट रोस्टर का जो है एक चार्ट जारी किया हुआ है 200 पॉइंट का रोस्टर का चार्ट आज भी जारी नहीं किया है इसलिए जो है आप किसी क्योंकि कोई भी एक टेक्निकल इश्यू अगर मान लीजिए आपने रिजर्वेशन के रोस्टर में कुछ कर दिया तो फिर सीधे लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे कोर्ट पहुंच करके आपकी उस व्यवस्था को फिर रुकवा देंगे इसलिए जो है मैं, मैं व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूँ आप इसको जो है हंड्रेड पॉइंट का जो उनका जो चार्ट है उसमें आप प्लेसिंग कर लीजिए सो के सो के उस पर उसमें एक दो पोस्टों का जो है एस को और ओ को जो है वो एक एक पोस्ट का नुकसान होगा पर उसको जो है बाद में आप ठीक कर सकते हैं जब दो का आ जाए तो इसको आप फिर तो देखेंगे किस किस का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है उसको आप यहाँ नाम लिख देंगे यहाँ पे उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख देंगे किस डेट को अपॉइंटमेंट हुआ है फिर यहाँ पर उनका जो रिटायरमेंट का लिख देंगे कि किस डेट को रिटायरमेंट हुआ है और ये इधर की जो पोजीशन है ये वाला जो पोजीशन है सातवां वाला जो कॉलम है इसको आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये ओपन कैटेगरी से है ये ओपन है ये ओपन है ये ओपन है ये ओपन है, है, है ये सारे ओपन है तो आप यहाँ पे जो है उसकी ओपन कैटेगरी ओपन कैटेगरी ओपन कैटेगरी ओपन कैटेगरी ओपन कैटेगरी सारी जो है लिखते हुए चले जाएँगे तो जो जहाँ जिस पोजीशन को एक्वायर करके बैठा है जिस कैटेगरी का पर्सन है उस कैटेगरी के पर्सन को आप यहाँ पे लिख देंगे कि वह किस कैटेगरी से है किस ईयर में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ द पोस्ट क्या है उसको इस तरह से आप लेके आएँ फिर एक और कॉलम जो है लास्टवा कॉलम पर पहले आप आइए इसमें आप उनकी डेट रिटायरमेंट की एज को लिख देंगे क्या आदमी जो है ये आदमी जो है ये वैकेंसी यहाँ इस तरह पर में आई सबसे पहले उन्नीस में ये आई फिर उनहत्तर में भरी गई फिर इन पर अपॉइंटमेंट जो है मिस्टर खत्री का हुआ फिर इनका जो अपॉइंटमेंट है ये डेट दे आ गई इन्होंने ये जॉइनिंग कर लिया ये इनका रिटायरमेंट का एज है और ये जो ईयर है इनकी कैटेगरी ये है और फिर ये जो है आप आगे इसको देखेंगे तो ये सारी स्थिति जो भरने के बाद फिर आपको ये चार कॉलम भरने हैं इस चार कॉलम में भरने के बाद आपको क्या करना है ये एस के लिए है एस एसटी के लिए है ये ओबीसी के लिए है और इसमें आप बैकलॉग की स्थिति को लिखेंगे ये बैकलॉग की जब स्थिति को आप लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि देखिए आप इस तरह के कॉलम को और इस तरह के दो, दोनों दोनों कॉलम को आप कंपेरेटिवली देखेंगे तुलनात्मक रूप से यहां से यहां की सीरीज को आपको देखना है यहां से यहां की जो सीरीज है इसको देखना है इन दोनों कॉलम में देखना है क्या देखना है जैसे पहले आपने दे, देखा यहाँ पे जो आपकी जो पाँचवीं पोस्ट जो है वो ये ओबीसी की होनी चाहिए थी तो यहाँ पे आपका जो है इनका ये ये ये ओपन कैटेगरी से आ रहा है तो ये ओबीसी का एक बैकलॉग हो गया फिर आप नीचे देखेंगे छठवीं जो पोजीशन सातवीं जो पोजीशन है ये एससी की होनी चाहिए थी ये एससी सी का नहीं है तो ये एक यहाँ पर बैकलॉग हो गया फिर आप देखेंगे एस का नौवीं पोजिशन है तो नौवी पोजीशन में यहाँ पे भी नहीं है तो फिर ये यहाँ पे जो है आप एक एस टी का लिख देंगे तो ये जो है ये एक एक करके जाएंगे इनका जो सीक्वेंस है ये बदल जाएगा जैसे नीचे आप आएंगे कि ये फिर आपका ओबीसी का दूसरा पोजीशन आ गया तो ये यहाँ पे इसको दो लिख देंगे आप इसमें एक दो सीरियल नंबर भी लिखते हैं लिख सकते हैं एक एक भी लिख सकते हैं और लास्ट में जो है नीचे का जो समप करेंगे टोटल करेंगे वहाँ एक एक करके लिखेंगे तो उनका टोटल कर देंगे दो हो गई यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका एक हो गया इसको देखेंगे तो एक हो गया और ये हर पन्ने पर करेंगे और हर पन्ने पर उसका जोड़ देंगे जोड़ देने के बाद नीचे हर पन्ने पर जो है यहाँ पे जो है आप सबके जो है हस्ताक्षर करवाएंगे हस्ताक्षर में किस किस के होंगे आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें लाइजन ऑफिसर के साइन होंगे एल के होंगे आप इसमें देखेंगे तो कमेटी के जो मेम्बर्स हैं उनके होंगे आप इसमें देखेंगे तो रजिस्ट्रार के होंगे आप इसमें देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑब्लिक वाइस चांसलर के होंगे तो नीचे जो है हर पन्ने पे सबके साइन हो जाएंगे तो ये आपका एक एक डॉक्यूमेंट बनेगा और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरी जितनी भी नंबर ऑफ सीरीज में जो आपकी जो वैकेंसीज है उसको भरते हुए जाना है उसको तीन केडर में अलग अलग करना है जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर अलग करना है एसोसिएट प्रोफेसर अलग करना है प्रोफेसर अलग करना है कार्डर बेस्ड रोस्टर बनेगा पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनेगा और उसको जो है आप इस तरह से इसको भरेंगे इसके बाद भी आपको अगर मान लीजिए कुछ टेक्निकल समस्या आती है तो ये समस्या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कभी भी किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया पर कर सकते हैं फोन कर सकते हैं मिल सकते हैं तो आपको कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आरइज होती है सामने आती है तो फिर उसके जो है समाधान के दूसरे तरीके ढूंढे जाएंगे निकाले जाएंगे क्योंकि सारी चीज को यहाँ पे समराइज करना मुश्किल है ये आपको देखने के लिए एक पे, स्पेसिमेन फॉर्मेट को मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अब आप देखेंगे कि आगे इसमें क्या करना है अगर हम राजस्थान के 27 जो यूनिवर्सिटीज हैं इन 27 यूनिवर्सिटीज का हाल देखें तो पाएंगे कि यहाँ जो समस्या है यहाँ बहुत दूसरी बहुत गहरी समस्या है यह समस्या क्या है यह समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊँ मेरे पास कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ टीचर्स आए थे तो मैंने उन्होंने उन, उनके सामने जो समस्या है वो समस्या क्या है उनके सामने समस्या ये एक कॉलेज चलती थी कॉलेज जो है बाद में यूनिवर्सिटी बन गई ठीक है वो वहाँ पर आकर के यूनिवर्सिटी में आ गए पर फिर बाद में क्या हुआ फिर दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई फिर तीसरी बन गई फिर चौथी बन गई फिर पांचवी बन गई पांच एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बन गई और राजस्थान की जो कॉलेजेस थी वो उन पांच यूनिवर्सिटीज़ में इधर से उधर सब चले गए हुआ क्या कि जो पोस्ट जहाँ से थी जिस व्यक्ति का जो अपॉइंटमेंट था सपोज़ मान लीजिए जोबनेर यूनिवर्सिटी बनी पहले जॉबनेर में सब लोग आते थे या पहले उससे पहले राजस्थान में जोबनेर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आता था तो जितना भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की टेरिटरी थी उसके सारे जो कॉलेजेस थे उनका डेटा कहाँ से आया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उसी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं उनको भी सुझाए थे जो सेक्रेटरी उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर एक, के जो सेक्रेटरी थे उनको उसके बारे में बताया था वहाँ पर एक जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनको बताया था वो जो टीचर्स आए थे उनको भी बताया था तो इसको आप सब देखेंगे तो पाएंगे कि रोस्टर रजिस्टर का कर संधारण करने के संबंध में राजस्थान कार्मिक विभाग के निर्देशों की अनुपालना में प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर के अब तक स्वीकृत सभी पदों को शामिल करके विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एवं इनके समकक्ष अन्य सभी पदों कई कई यूनिवर्सिटीज में जो है जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट होती है साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है वो इक्वलेंट तो असिस्टेंट प्रोफेसर होती है तो उसको आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही आर्डर में रखना है अगर उनका पे स्केल्स है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि समकक्ष सभी पदों पर की गई नियुक्तियों को रोस्टर रजिस्टर में सुस्पष्ट रूप से अंकित करे जो मैंने आपको पिछली टेबिल में जो है एक एक एंट्री को बताया था दूसरी जो समस्या है उसको आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में अब तक की गई सभी भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन आप निकलवाने होंगे कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में समायोजित किए गए पदों को आपको वो करना होगा कितना पद कौन सी कॉलेज का किस यूनिवर्सिटी में गया उस पर किसका अपॉइंटमेंट था किस कौन अपॉइंटमेंट कब हुआ कब रिटायर हुआ वो सारा डेटा लेना पड़ेगा वो डेटा आपको कोई ऐसे इजीली देगा नहीं पर वो आप अगर आप उसको डेटा देखेंगे तो उसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट जो प्लेस है सबसे अप्रोप्रिएट जो जगह है वो पेंशन रजिस्टर है पेंशन रजिस्टर में सबकी कुंडली होती है और उस कुंडली में से जो है आपको डेटा जनरेट करना पड़ेगा विश्वविद्यालयों में नियुक्त चयनित सभी कार्मिकों के संबंध में सभी कैडर वार प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि की श्रेणीवार वार सी एस टी और दिव्यांग को अंकित करके सभी सूचनाएं तथ्यात्मिक रूप से उसमें आप शामिल करेंगे उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक और ऑफिसर्स नियुक्ति चयन उन्नीस के अनुरूप आरक्षण का लाभ करने के लिए उन्नीस रहेगा मतलब आपकी कट ऑफ जो डेट होगी वो कट ऑफ जो डेट होगी वो आपकी उन्नीस होगी उन्नीस का ये वो आया था और इसका मुझे इसके बाद एक और लेटर मिल गया है वो उन्नीस उसमें जो दिया हुआ है तो ये आप इसको तिहत्तर मानेंगे इसको आप संशोधित कर लीजिएगा ऐसे ही आप देखेंगे तो आपको ये सारी जब जो, जो डेटा मिल जाएगा तो उसको पिछली वाली जिस सीट के अकॉर्डिंग आप उसको भरेंगे और भरने के बाद आप उसमें देखेंगे तो उसमें पाएंगे आप तो आपको दिखेगा कि विश्वविद्यालयों में स्वीकृत सभी पदों शैक्षणिक और अशैक्षणिक टीचिंग और नॉन टीचिंग की स्वीकृति के दिन वर्ष उन पदों पर भरती है तो विज्ञापन नियुक्त व्यक्तियों की सूची किसी भी कारण से नियुक्तियों नियुक्त व्यक्तियों में से पद त्यागने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा इससे जुड़ी अन्य सूचनाएं आपको प्रेषित करनी होगी आपको संरक्षित करनी होगी अब आप देखिए इसमें एक और टेक्निकल चीज़ है टेक्निकल चीज़ ये है कि जैसे ये डेटा में जो छुपाने की जो बात आती है जैसे मान लीजिए कोई एक लेक, लेक्चर था उसने मान लीजिए टॉक के कॉलेज में ज्वाइन किया टोंक के कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद वो एक साल वहाँ पे लेक्चरर आया और लेक्चर रहने के बाद उसका अगले साल या उससे अगले साल आ रहे इसमें सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ से छोड़कर के चले गया तो वो वहाँ से छोड़ कर चले गया तो वो पोस्ट को तो कंज्यूम कर चुका है आपका एक रोस्टर जो पॉइंट है वो तो वहाँ पर कंज्यूम हो गया है इसलिए उस व्यक्ति की वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस व्यक्ति के बारे में भी आपको सूचना निकालनी पड़ेगी तब जाकर के आपका रोस्टर जो है आपको ठीक से आपको लाभ दे पाएगा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी ने बीच में कोई पोस्ट एक्वायर करके छोड़ी है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो डेटा आपको रोस्टर रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा और रोस्टर रजिस्टर में मेंशन करने के बाद उसको फिर जब आप रिसाइकल कैलकुलेट करेंगे तो रिसाइकिल कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो डेटा वहाँ पे उसके अगेंस्ट में आपको बैकलॉग की पोजिशन मिलेगी उक्त पदों से संबंधित सभी सूचनाओं का आ, को रोस्टर रजिस्टर में निर्धारित बिंदुओं में सम्मिलित करते हुए रोस्टर बिंदुओं के अनुसार बैकलॉग शॉर्टफोल्ड और रिजर्वेशन के बिंदुओं को भी सुस्पष्ट रूप से अंकित करना होगा साथ ही विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर सेवानिवृत्त हो चुके सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड उनकी नियुक्तियों की तारीख प्रमोशन की तारीख रिटायरमेंट की तारीख सहित सभी सूचनाएँ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ सहित आपको उसमें डेटा रखनी होगी ताकि कोई भी जो है किसी भी तरह के रोस्टर रजिस्टर पर तथ्यों से मिलान किया जा सके और उसमें कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आए इसमें जो ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पे भी एक भी कोई डेटा अगर आपसे छूट गया और वो किसी दूसरे के संज्ञान में है उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको कहीं भी, भी, कहीं, भी कहीं भी कोर्ट में जा के चैलेंज कर सकता है और कहेगा साहब तो ये तो रोस्टर कहता है ये तो फ़ला व्यक्ति फ़ला टाइम पर वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था उसको जो करके उन्होंने छोड़ दिया इसलिए इसका रोस्टर का जो पोजीशन है चेंज हो गया तो इन सारी चीज़ों की बारूकियों से बचने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम कलेक्ट करनी होगी और उसको उसमें रोस्टर रजिस्टर में संधारित करना होगा इस आप अगर मान लीजिए आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आने के बाद उसको जैसे हम दो और दो चार होते हैं तो जैसे बच्चों को सिखाते हैं ये दो लाइन हो गई फिर ये दो लाइन हो गई तो गिनाएँगे एक दो तीन चार तो ये चार हो गए ये अगर दो और दो हो गए तो ये चार हो गए तो ये चारों तरफ से आप उसको टैली कर लीजिए तो वो टैली करने का आपके लिए जो डॉक्यूमेंट होगा उसको मैंने यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट की तारीख सहित सभी सूचनाएँ जो है वो आपको जो है पेंशन रजिस्टर से मिलेगी पेंशन रजिस्टर में से आप इन एंट्रीयों को वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो भी चाहे हो चाहे उसका 70 में अपॉइंटमेंट हुआ हो या 70 के बाद हुआ हो खुदा न खासता वो कहीं न कहीं किसी न किसी भी रूप में कोई न कोई पेंशन के रजिस्टर से जुड़ा हुआ होगा खुद होगा फैमिली मेम्बर होगा नहीं तो सपोज मान लीजिए एक रजिस्टर में जो एंट्री है उसमें दस लोगों की एंट्री है पेंशन के रजिस्टर में एक पेज पे उनमें से नौ अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गए उनकी फैमिलीज का भी कोई वो नहीं है कोई एक तो होगा जो उसमें वो ले रहा होगा तो जब तक वो एक रहेगा तब तक वो आपका डेटा वापस संरक्षित रहेगा उसके अलावा भी जो रोस्टर रजिस्टर जो बनते हैं रिकॉर्ड्स के जो रजिस्टर है उसको आप मास्टर रजिस्टर से उसकी एंट्री को टेली कीजिए कि आपने ये रजिस्टर इस परपज से बनाया था उसमें सारी उसकी एंट्री होती है और उन एंट्रियों को सब एंट्रियों को देख करके सब एंट्रियों का मिलान करके और आप रोस्टर रजिस्टर को बनाएंगे रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए आपको जैसा पहले मैंने बताया था कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसको आप एक इकाई के रूप में मानेंगे इकाई के रूप में मानने के बाद फिर उसको आप उसमें प्लेसिंग करेंगे कुछ चीज़ें जो टेक्निकली इसमें और छूट गई है जिसको हम अगले की अगली अगले व्याख्यान में शामिल करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती थी जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि सपोज़ कोई यूनिवर्सिटी है उसमें जो है आपने रजिस्टर भी बना लिया पर आप अगर उसकी रिजर्वेशन में देंगे तो आप कैसे देंगे इसके लिए दो फार्मूले सुलझाए गए हैं एक दो फार्मूले यह सुझाया गया है जिसमें कहा गया है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे पर इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्ले, प्लेसिंग करने का एक नुकसान है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जो कि रिजर्वेशन या रिजर्व लोगों से रिज, रिजर्व लोग ज़्यादा आ जाएंगे कुछ ऐसे होंगे जहाँ जब लोग बिल्कुल नहीं आएंगे तो वहाँ पे जाकर के बेसिकली जो रिजर्वेशन के रोस्टर को जो बनाने की प्रक्रिया के पीछे की जो सोच है वो ये सोच है कि हमारे जो टीचर्स हैं हमारी जो कैटेगरी के जो टीचर्स हैं वो उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले बच्चों के भी संरक्षक के रूप में काम करे और वो जो मैं पे बैक टू सोसाइटी की जो बात कर रहा था वो पे बैक टू सोसाइटी को इस रूप में उसको उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दे संरक्षण दे कि वो उनके साथ किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो वो टीचर उसके लिए आवाज़ उठाए उनको संरक्षक की भूमिका निभाए इसीलिए लिए जो है रोस्टर रजिस्ट्री बनाने के पीछे ये भी एक सोच थी जो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि जो चीज़ आपको मान लीजिए वहाँ से आपको छूट गई है तो उस छूटी हुई जो चीज़ है उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर नहीं दे सकते तो जैसे सेंट्रल यूनवर्सिटीज़ में जो है वो एक फार्मूला लिया गया है जैसे मान लीजिए सात का डिपार्टमेंट होता है एक प्रोफेसर होता है दो एसोसिएट होते हैं चार असिस्टेंट होता है होते हैं तो सात के डिपार्टमेंट में आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी की सारी सात जो पोजीशन है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है आपके चारों कैटेगरीज उसमें आ जाती है तो उस कैटेगरीज को आप इस तरीके से कीजिए कि आप सारे डिपार्टमेंट्स में सारी कैटेगरीज का रिप्रजेंटेशन आ जाए इसके लिए आप दूसरा एक तीसरा तरीका अपना सकते हैं जिसमें मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था एज एक्सपर्ट तो वहाँ मैंने किया था कि आप प्रोफेसर को जो है आप ए से जेड ले लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर को आप जेड से ए ले लीजिए और आप इस तरह से जो उसमें सामंजस्य कोडिंग डिकोडिंग करके पर जो न्यायालयों में जो टेक्निकल जो चीज़ें आती हैं वो ये आती है कि आपका कहीं पर भी वहाँ पर सेकेंड थर्ड रिप्रज का नहीं आना चाहिए उसका प्रभाव वहाँ लक्षित नहीं होना चाहिए उससे बचने के लिए आपको क्या करना है जब आप रोस्टर रजिस्टर बनाएंगे रोस्टर रजिस्टर बनाते हैं उससे पहले जो आप जो डिपार्टमेंटल जो मीटिंग्स करेंगे उन मीटिंग में इन नियमों को पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा फार्मूला अपनाने जा रहे हैं अगर आप प्री डिसाइडेड ऐसा करते हैं तो वो सेकेंड थाट नहीं माना जाएगा और कोई भी न्यायालय जब अगर कोई ऐसी बात आती है तकनीकी रूप से तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने ये मीटिंग इस तारीख को की थी इसमें हमने ये किया था और उसमें जो है कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई से हो जाएगा क्योंकि कोर्ट को ये लगेगा कि कहीं पे भी कोई बाइसनेस्ट या किसी के लिए कोई दुराग्रह या, या किसी की तरफ पुर्वाग्रह या किसी की तरह कोई नुकसान पहुँचाने की या लाभ पहुँचाने की कोई स्थिति ऐसी नहीं है तो आपका रोस्टर रजिस्टर है वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं होगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रोस्टर रजिस्टर को बनवाएँ और बनवाने के बाद उसको लागू करवाएँ तब जाकर के आपके सामाजिक न्याय की जो एक पहल है वो पूरी होगी और इसमें सबको मिल कर के एक टीम के रूप में काम करना होगा अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए जो तकनीकी जो दूसरे जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे आप सब से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि आप हम जो एक लाइव करने जा रहे हैं इसी के संबंध में इन दो व्याख्यानों को शामिल करते हुए एक लंबा लाइव करेंगे जिसमें ऑन द स्पॉट कोई भी टीचर कहीं से भी अगर मान लो जुड़ना चाहता है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो वो आकर के उस पर लाइव कर सकते हैं तो आप आलोकन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे सीधे आकर के लाइव सवाल पूछ सकें और आपको हम पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो लाइव हम कब करने जा रहे हैं या कब उसकी हम आपको सूचना दे सकते हैं आप सब ने हमें इतना टाइम दिया सुना और सामाजिक न्याय की इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपने अपने दर्भों में से बाहर निकलिए अपने अपने कुनबों में से बाहर निकलिए अपनी सीमाओं से बाहर आइए तब जाकर के आपका भी भला होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा धन्यवाद शुक्रिया